9 मई 2021 हज़ार अफेयर इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं मैं यानी मंतोष गुड्डू मेरा सब्सक्राइब करिए चैनल नंबर फर्स्ट नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं इसका आंसर होगा बिल लेल्सन बिल लेंसन नासा के 14वें अध्यक्ष बने हैं तो आइए नीचे कुछ नासा के बारे में कुछ हम देखते हैं ंड से एक सवाल पूछा जाए कि नासा के सूर्य मिशन क्या नाम है अब क्या बताइएगा इसका नाम है सनराइज नासा ने किसके अध्ययन के लिए मैसेजर सेटेलाइट को लॉन्च किया है बुध नासा के किस मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था अपोलो प्रोग्राम इसका हिंसा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा गया नासा के भारतीय मूल की किस लड़की ने नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम सुझाया है तो इसका होगा वनिर रूपानी चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ग्लोबल सिटीजी इंडेक्स की वाई 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है इसका आंसर हो जाए सहजन शहर तो ये पहले तिमाही में ये फर्स्ट पर रही सहजन सिटी फर्स्ट पर रही है तो फ्रेंड्स आइए जान लेते हैं कि प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स से क्या होता है ये इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित इंडेक्शन है जो मुख्यालय आवासीय संपत्तियों के मूल्य में होने वाले बदलाव को मापता है प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्यूवाई दो हज़ार में टॉप तीन शहर सैंजन चीन संगाई चीन गडवाउ चीन प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्यू 2021 में भारत के शहर दिल्ली बत्तीसवें पर मुंबई 36 पर बेंगलुरु चालीसवें अंतिम स्थान न्यूयॉर्क जरिकर्ता नाइट फ्रैंक ने प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स को जारी किया है इसका मुख्यालय लंदन में है तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के म्यू का पड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो इसका आंसर जल्दी बताइए आप इसका नाम बदल कर रख दिया गया है महेश नगर झांसी रेलवे स्टेशन का नया नया नाम क्या रखा गया है तो इसका आंसर होगा बिरंगना महारानी लक्ष्मीबाई नेक्स्ट हबीगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है इसका आंसर होगा अटल जक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तमिलनाडु के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं इसका आंसर होगा डी बी राइड अनबू फ्रेंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि बी राइट अंबु राजीव रंजन की जगह लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व थैलेसिमिया दिवस कब मनाया गया है इसका आंसर होगा बी आठ मई को आठ